जो दो कैंडल्स के साथ फॉर्म होते हैं इससे पहले वाले एपिसोड में हमने सीखा था उन कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में जो एक कैंडल से सिंगल कैंडल स्टिक से फॉर्म हो जाते हैं आज आप सीखने वाले हैं उन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जो एक की जगह दो कैंडल से फॉर्म होते हैं और इसके बाद भी एक और वीडियो आनी अभी बाकी ये सीरीज है तीन एपिसोड की जिसमें हम बात करेंगे थर्ड एपिसोड में उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो तीन और तीन से ज्यादा कैंडल्स के साथ फॉर्म होते हैं तो अभी हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीख लिया है अगर आपने एपिसोड वन नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा आप आई बटन पर जो वीडियो आ रही है उसे देखेंगे तो आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे जो आपने सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में जानने हैं अब हम शुरू करते हैं उन कैंडल स्टिक के बारे में सीखना जो दो कैंडल से फॉर्म होते हैं All right, let's start. तो सबसे पहला यहां पर जो कैंडल स्टिक पैटर्न है जो दो कैंडल से फॉर्म होता है वो है बुलिश एंड बेरिश किकर अब जापनीज लोगों ने जो नाम दिए हैं ये यह यहां पे किकर क्यों बोलते हैं इसी से बड़े ध्यान से समझेगा आपने देखा होगा जब आ, मार्शल आर्ट करते हुए ब्रूसली को देखा होगा जब वो किक मारता है तो वो हवा में होती है अभी तो मैं नहीं कर सकता मेरे पेंट ना फट जाए एनी वेज सो मैं कहने का मतलब है कि अगर आपने देखा होगा जब किक मारते हैं तो वो हवा में होती है लेट मी जस्ट ड्रॉ आई जस्ट शो यू क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी है और वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाना भी जरूरी है और राइट सो अगर एक इंसान जब किक मारता है आपने देखा भी होगा मेरी ड्रॉइंग भी इतनी अच्छी नहीं है So, वो किक यहां पर नहीं होती वो किक ऐसे जाती है ऊपर हवा में राइट सो so, यहां पर भी कुछ इसी तरीके से एक पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा और बेरिश किगर जो होता है वो होता है किक नीचे की तरफ कि भाई जो किक मारी हवा में उड़ते हुए नीचे की तरफ किक मारी तो जो नीचे किक मारी है वो हो गया बेरिश वो नीचे की तरफ लेके जा रहा है सो so, अब ये कैंडल्स क्या बता रही है अभी तक हमने सिंगल कैंडल्स की बात करी थी जब हमने डो के बारे में बात करी हैमर के बारे में बात करी शूटिंग स्टार के बारे में बात करी बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो यहाँ पर दो कैंडल्स हैं और दोनों का ही बनना जरूरी है अब ये कैंडल्स क्या है क्या बताती है अब इनको समझते हैं पहली कैंडल आपको एक रेड कैंडल दिख रही है एक बेरिश कैंडल दिख रही है ओपन हुआ था प्राइस यहाँ से क्लोज हुआ यहां पर अब अगर आप याद करो अगर मैं सिंगल कैंडल को देख रहा हूं अभी मैं अगर सिर्फ इसी कैंडल को देखू तो ये कैसी कैंडल दिख रही है आपको आपको याद है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर हमने लास्ट कैंडल कौन सी सीखी थी कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर बात करी थी राइट right. मारूबुजू के बारे में हमने बात करी थी यहां पे इस कैंडल को देखते हो तो मारू जैसी दिख रही है अभी जो मारूबुजू दिख रही है ये रेड कलर की कैंडल है दूसरी जो आप कैंडल देखते हैं प्राइस हमारा है, यहां से ओपन हुआ यहां पर जाके क्लोज हो गया राइट सो so अगेन आपको एक मारूबुजु कैंडल दिख रही है अब टिकर कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूं कि प्राइस देखिए हुआ क्या पहले यहां से ओपन हुआ था एग्जाम्पल के तौर पे सौ रुपए का प्राइस था वो नीचे गिर गया अस्सी रुपए पे हो गया बट अगली कैंडल में अगर आप ध्यान से देखो मारू में क्या होता है जो ओपन प्राइस होता है वही हाई होता है तो जो हाई था वो भी सौ ही था बट अगली कैंडल में जब वो ओपन हुआ तो सीधा 110 से ओपन हुआ और जब क्लोज हुआ तो फॉर एग्जाम्पल 130 पर जाके क्लोज हो गया एग्जाम्पल लिया मैंने तो यहां पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि यहां से ओपन हुआ सेलर्स ने बहुत कोशिश करी प्राइस को नीचे लेकर जाने की वो अस्सी रुपए तक ले भी गए बट अगली ही कैंडल में वॉल्यूम का भी गेम है अब यहां पर आप जो अब जितने भी पैटर्न सीखने वाले हैं जो दो कैंडल से बनते हैं आपको देखना है पहले वाली कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल है उसमें वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए वो जब आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करेंगे वहां पे आप अपने इंडिकेटर्स अप्लाई करके आप इजिली सारी चीजें देख सकते हैं इनफैक्ट इंडिकेटर्स के ऊपर भी मैंने आपको ट्रेनिंग दी हुई है अगर आपने इंडिकेटर्स के बारे में नहीं जाना है MACD कैसे काम करता है RSI कैसे काम करता है सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है इच्छीमो क्लाउड सिस्टम कैसे काम करता है ये सब आप आपको नहीं पता अभी तक तो आई बटन पर अगेन लिंक है कंप्लीट आप प्लेलिस्ट देखो जिसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस सिखाई हुई है यू विल लर्न अलॉड ऑफ थिंग्स सो अगेन अगर आपके पास अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ही नहीं है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा जिस पर आप क्लिक करके बहुत इजीली जो भी लीडिंग ब्रोकर्स हैं सबके मैं लिंक डाल दूंगा आप किसी पर भी अपना अकाउंट खुलवा लीजिए जिससे आप ट्रेड भी कर सकते हैं और जितनी चीज़ें हम बात कर रहे हैं इन्हें आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे आप रियल टाइम ट्रेडिंग को सीख पाएंगे अगर आपके पास डीमेट अकाउंट होगा आप आगे बढ़ हैं तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि हुआ गैस जो प्राइस है उसने जम्प किया जो हाई था पहले वाली कैंडल का वहां से बढ़कर ओपन हो गया दूसरी कैंडल में और वॉल्यूम भी आपको ज्यादा बढ़ता हुआ दिखता है सो इट मीन इट इज अकर में क्या होता है इसे समझ लेते हैं आपको पता है जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसमें ओपन कहां से प्राइस होता है नीचे से ओपन होता है तो बायर्स ने पूरी कोशिश करी एग्जाम्पल दोबारा मान लेते हैं कि सौ रुपए का प्राइस था तो बायर्स ने पूरी कोशिश करी वो एक तक ले गए प्राइस को बट अगली ही कैंडल जो है वो पहले वाली कैंडल के लो के नीचे ओपन होती है लो के नीचे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखनी है गैप डाउन ओपनिंग हुई? वेरी नाइस, उसके बाद सेलर्स ने पूरी कोशिश करी नीचे लेके जाने की एंड एग्जांपल के तौर पे वो सत्तर रुपए में प्राइस को ले गए जो क्लोज हुआ अब ये क्योंकि मारू कैंडल है तो यहां पर आपको क्या दिख रही है कि जो लो है वही हमारा क्लोजिंग प्राइस भी है बट जरूरी नहीं किगर कि में शेडो ना बने वैसे अगर बनती है और नहीं बनती दोनों में मिल रहा है। अगर बाई nice. चांस नहीं भी बनती और थोड़ी बहुत आपको शेडो दिखती है दैट इज ऑल्सो ओके दोनों केसेस में चलेगा बट मारू बुजू कैंडल मिलती है मतलब आपको स्ट्रॉन्ग सिप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अब जैसे हमने दोनों ही कंसेप्ट को समझा है कि बुलिश केकर कैसे बनता है बेरेश कैसे बनता है, इसमें क्या डिफरेंस है? You have understood this. अब इसे देखते हैं कि चार्ट पे आपको किस तरीके से दिखेगा अच्छा एक चीज़ और है हमने बात करी थी कि वो एक बड़ी कैंडल ही होनी चाहिए बुलिश और बेरिश दोनों ही केकर के अंदर यह जरूरी नहीं कि वो बड़ी हो अगर वो छोटी भी है तब भी चलेगा ऑलराइट तो अगर वो छोटी है तब भी चलेगा तो यहां पर आपको दिखा कि आपने एक आइडेंटिफाई किया रेड कैंडल को और उसके बाद गैप अप ओपनिंग होती है तो हमने बात करी थी कि अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है दैट इज हमारी एक रिक्वायरमेंट थी ये कि ये तभी बुलिश के करके लाएगा जब यहाँ पे गैप होगा तो यहाँ पे गैप है अब गैप के बाद यहाँ से ओपनिंग हुई And buyer's price को बहुत ऊपर ले गए यहाँ पर जाके ये हाई जो बनाया यही क्लोजिंग था तो ये है। सकते हो सो दुड क्वेश्चन दिखी है ना ये जो आपको दो कैंडल्स दिखी है आपको भी कंफर्मेशन का वेट करना है आपको तीसरी कैंडल भी बनने देना है जो तीसरी कैंडल है देखो यहाँ पे यहां से ओपन हुई थोड़ा नीचे ओपन हुई बट डर जब वो क्लोज हुई तो पहले वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए ये, से लेंगे, ये होगा। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा जल्दी से बताओ हमारा स्टॉप लॉस होगा जो पहले वाली कैंडल है उसका लो वो हमारा स्टॉप लॉस होगा तो यह हमारा स्टॉप लॉस होगा हमें एंट्री पॉइंट मिल गया एंड यू है समझा जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो आपको चार्ट के बॉटम पर देखेंगे और जितने भी बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो आपको चार्ट के टॉप पर देखेंगे ऑल राइट right, तो यहां आपको पर आपको चार्ट के टॉप पर एक पैटर्न दिख रहा है वो पैटर्न कौन सा है बेरिश के कर देखो यहाँ पे थोड़ी सी शेडो है मैंने कहा शेडो हो सकती है बट अगर शेडो ना हो तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है दूसरी कैंडल में उतनी बड़ी शेडो नहीं है छोटी सी आपको शेडो दिख सकती है विक दिख सकती है दैट इज ओके सो so, अगर आपने नहीं देखी है पहला वाला एपिसोड तो आप जाके देख सकते हो आपको समझ आ जाएंगे कंसेप्ट अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं क्या हमें गैप डाउन ओपनिंग चाहिए थी आंसर इज यस हमें गैप डाउन ओपनिंग चाहिए थी तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हमें मिल गई है उसके बाद हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी हम कंफर्मेशन का वेट करके ट्रेड करने वाले हैं दैट इज ओके पहली कैंडल हमारी बुलिश बननी चाहिए थी दूसरी बेरिश बननी चाहिए थी ये हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होती है एंड उसके बाद आपको जब इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है आप कन्फर्मेशन का वेट करते हो कन्फर्मेशन क्या है आपको यहां पर दिखा कि जो पहली वाली कैंडल का लो था और इस वाली कैंडल का लो है ये सेम है अब ये क्या है? ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा ये लो बनना क्या जरूरी है क्या नहीं है आई एल जस्ट यू अबाउट दैट बट यहाँ पे देखा हमने लो सेम है और जो हम वेट करते हैं कंफर्मेशन का वो हमें इस कैंडल में नहीं मिला है बड़े ध्यान समझो ये नहीं मिला है क्यों नहीं मिला है क्योंकि हम चाहते हैं लो के नीचे जाके क्लोज हो वो अगली कैंडल में हुआ है तो हमारी एंट्री कहाँ पर होगी हमारी एंट्री इस पॉइंट पे होगी यहाँ पे जहां पर जाके क्लोज हुआ है ये हमारी एंट्री होगी ओके okay? और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा जो वो पहले वाली कैंडल थी इसका हमारा हुआ। तो ये हमारा का आपको नहीं दिख रहा तब तक आप वेट कर सकते हो प्रॉफिट का और उसके बाद जब ट्रेंड रिवर्सल होना शुरू हो जाए यू कैन बुक योर प्रॉफिट आपको पैसा जो भी आपको माने वाले मिलेगा सो so, यह हमने सीखा बेरिश के कर अब हम आगे बढ़ते हैं लेट स्टॉक अबाउट नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न दैट इज बुलिश एंड ये एंगल्फिंग का मतलब क्या है? एंगल्फ करने का मतलब होता है जाना। जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को लेगल जाती है ना ये कुछ पैटर्न उसी तरीके से जहाज लोगों ने इसी के ऊपर इसका नाम रखा है एंगल्फ करने का मतलब होता है लिगल जाना तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है एक रेड कलर की कैंडल दिख रही है एक ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है पहले मैं बात कर रहा हूँ बुलिश एंगल्फिंग में आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे राइट हैंड साइड पे तो आपको यहां पर दिख रहा है ब्लिश इंगल्फिंग पैटर्न अब ये क्या है यहां पे पहले आपको एक कैंडल दिख रही है रेड कलर की दूसरी है ग्रीन कलर की बट आपको दिख रहा है जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो बड़ी है पहले वाली कैंडल से अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है वो क्या होता है कि जो पहले वाली कैंडल ऊपर नीचे हो सकती है ऊपर नीचे इन द सेंस की जो ये आपको दिख रहा है exactly एग्जैक्टली बीचो बीच में है ये हो सकता है रेड यहां तक हो मतलब यहां पे जो ये प्राइस क्लोज हुआ है यहीं पर ओपन हुआ हो इससे पहले रेड वाला वहीं से ओपन हो रेड के लिए आपको पता है ओपनिंग ऊपर होती है यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर होती है सो so, हो सकता है ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हो ये कैंडल यहां तक की पूरी हो बट ये जरूरी है इस कंडीशन में कि वो जो ग्रीन बॉडी है उसके अंदर आ जाए ग्रीन बॉडी के अगर ऊपर होगी then it will not be engulfing. अगर ये ये ऊपर निकल जाएगी, तो engulfing नहीं होगी. Engulfing के लिए हमारे जो जो मेन कंडीशन है, है वो ये है कि बॉडी है रेड कैंडल की वो ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए ऑलराइट right, ये हमें समझ आ गया सिमिलरली बेरिश के अंदर बेरिश एंगल्फिंग में हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है जो पहले बनेगी ग्रीन कैंडल दूसरी बनेगी रेड कैंडल बट जो ग्रीन कैंडल है वो पूरी की पूरी रेड कैंडल के अंदर आ जाएम so, का खेल है, देखना है, जो अगली जो बन रही है। पहली कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी उसमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ होना चाहिए सो दिस इज अ रिक्वायरमेंट एंड नाउ वट यू सी इज की अगर ऐसा पैटर्न बनेगा अब अगर यह बुलिश है तो कहां पर बनेगा चार्ट के टॉप पे बनेगा या चार्ट के बॉटम पर बनेगा यूर राइट right. चार्ट के बॉटम पे आपको बुलिश एंगलफिंग पैटर्न बनता हुआ अगर दिखता है तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है वहां से प्राइस ऊपर जा सकता है तो ये आपको बता रहा है बुलिश एंगलफिंग और बेरिश एंगलफिंग कहां पे जो हमारे बेरिश कैंडल से कहां पर बनते चार्ट के बॉटम पे चार्ट के टॉप पे चार्ट के टॉप पे यूर राइट सो जब चार्ट के टॉप पे आपने बनता हुआ देखा बेरिश एंगलफिंग पैटर्न उसके बाद क्या होगा प्राइस जाएगा नीचे सो so, अब इसे हम रियालिटी में भी देख लेते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से ये पैटर्न्स बनते हैं आई विल जस्ट शो यू सो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही चीजें दिखाई हैं बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको एक रेड कलर की कैंडल दिख रही है दूसरी आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी कि पहली कैंडल रेड बननी चाहिए दूसरी कैंडल हमारी ग्रीन बननी चाहिए अब जो बॉडी है रेड कैंडल की वो पूरी की पूरी ग्रीन में आ जानी चाहिए कैसा हो रहा है The answer is yes, ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट कि वहां पे जब ये पैटर्न बन रहा हो वो चार्ट के बॉटम पे बन रहा हो हमें बॉटम पे देखना जरूरी है वो टॉप पे नहीं बनना होना चाहिए तो अगर वो आपको देख रहा है नीचे बनता हुआ चार्ट के बॉटम पर बनता हुआ तो यह होगा बुरे शिंगल इसके बाद क्या होगा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा अब ट्रेंड रिवर्स हो उसके बाद आपने क्या देखा यहां पर अगर आप देखेंगे अगेन आपको पहले ग्रीन कैंडल दिखती है दूसरी आपको रेड कैंडल दिखती है बट जो ग्रीन कैंडल है वो पूरी की पूरी अंदर आ रही है रेड कैंडल की बॉडी में मतलब रेड कैंडल लिगल रही है, ग्रीन कैंडल को. इसका मतलब है जो सेलर्स है वो हावी हो गए अगेन यू कैन मेक मनी मैंने आप दिखाया है कि इट इज नॉट ए वैलिड बुलिश इंगलफिंग ये चीज क्या है? इसे समझ लेते हैं अब यहां पर आप देखिए पहले ग्रीन कैंडल बन रही है बड़ी उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बन रही है तो क्या ये बुलिश एंगल होगा अगर वो चार्ट के आपको बॉटम पे भी दिखता आंसर नो no. हमारी रिक्वायरमेंट है कि पहला रेड होना चाहिए और दूसरा हमारा ग्रीन होना चाहिए और ग्रीन बड़ा होना चाहिए रेड छोटा होना चाहिए उल्टा नहीं चलेगा तो अगर उल्टा होगा तो वो बुलिश एंगल नहीं है बेरिश एगल फिंग अगेन आपको दिख रहा है कि ये ग्रीन कैंडल थी उसके बाद एक रेड कैंडल बन गई अगेन वो आपके लिए एक बेरिश एगल का साइन है अब यह आपको हो सकता है कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो आई होप आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको चीजें समझ आ जाएं। नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करते हैं आपको सर ये तो समझ आ रहा है बट आपने प्रेगनेंट लेडी क्यों बनाई हुई है All right, तो मैंने प्रेगनेंट लेडी क्यों बनाई हुई है एलजस्ट इस कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है अब कुछ लोग कहेंगे अरे वाह हमारा फेवरेट सो बोले शराबी इसका नाम है बोले शरामी बेरे शरामी कैंडल स्टिक पैटर्न अब ये क्या होते हैं इसे समझते हैं वेल हरामी जापनीज में प्रेगनेंट लेडी को बोलते हैं ये आपका इंडिया वाला हरामी नहीं है ये जापनीज वाला हरामी है सो so, ये पैटर्न जापनीज लोगों ने क्यों नाम रखा है इसका मैं आपको दिखाता हूं अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक मदर और मदर के पेट में जो बच्चा होता है कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा तो उसी के ऊपर इस पैटर्न का नाम रखा है उन्होंने कि इट इज़ बोले हरामी, सो so, ये पहले वाली कैंडल को मदर भी कहते हैं और दूसरी वाली कैंडल को बेबी भी कहते हैं ठीक है सेम हेयर की पहले वाली कैंडल को मदर भी कहते हैं दूसरी वाली कैंडल को बेबी भी कहते हैं अच्छा आपको, anyway, so, so, आपको क्या हरामी कौन सा निकलेगा मैं सॉरी बताता है बनेगा सो so, हमें बॉटम पे बुलिश हरामी पैटर्न बनता हुआ दिखता है इससे हमें क्या पता लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है अब एक चीज यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखो ये एंगलफिंग पैटर्न का थोड़ा सा उल्टा लग रहा है पहले हमने क्या देखा था कि जो रेड कैंडल थी वो छोटी थी ग्रीन कैंडल बड़ी थी अब ये उल्टा हो गया अब यहाँ पे रेड कैंडल बड़ी है और ग्रीन कैंडल छोटी है सो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है इसे देखिए कि जो प्राइस था वो यहाँ पे जा यहाँ से ओपन हुआ था सेलर्स ने पूरी कोशिश करी उसे नीचे लेके जाने की वो क्लोज यहाँ पे हुआ उसने लो यहाँ पे बनाया हाई यहाँ पे बनाया उसके बाद एकदम से अगर आप ध्यान दो यहाँ पे ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे से ओपन होता है इसका मतलब क्या है यहां पे आपको एक मतलब यहां से बायर्स स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो गए अब क्योंकि सैलर्स पहले स्ट्रॉन्ग थे सैलर्स भी अपना काम कर रहे हैं बट बायर्स ने फिर भी प्राइस को ऊपर पुष्ट किया है इसका मतलब क्या है कि अब बायर्स एक्टिव होना शुरू हो गए It can इट कैन बी अफ ट्रेंड रिवर्सल आपको समझ आ रहा है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है सो so, यह आपको बोले शराबी पैटर्न बताता है इसे समझते हैं बेरे शराबी पैटर्न क्या बताता है कि भैया प्राइज यहां से ओपन हुआ था यहां पर जाके क्लोज हुआ यह हाई बनाया ये लो बनाया बाद एकदम से जब क्लोज हो गया प्राइज गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद सेलर्स हावी हो जाते हैं वो प्राइस को ऑल द वे डाउन नीचे ले आते हैं ये उसने एग्जाम्पल के लिए लो बनाया और यहां पर क्योंकि बायर्स कंट्रोल में तो यह ब्लू शराबी पैटर्न हुआ वहां पर सेलर्स कंट्रोल में है तो यह बेर शराबी पैटर्न और ये कहां पर बनेगा चार्ट के टॉप पे बनता हुआ देखेगा और वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है आई होप आपको चीजें समझ आ रही है आगे बढ़ते हैं, हैं आपको आपको आपको आपको दिखाते हैं कि किस तरीके तरीके से से ये आपको बनता हुआ दिखेगा, दिखेगा। चार्ट चार्ट के ऊपर। सो so, पे कुछ इस पैटर्न पर आप देख सकते हो कि एक रेड कैंडल है उसके सेंटर में उसका बेबी ये मदर हो गया बेबी हो गया बेबी आपको दिख रहा है बट वो बॉडी के अंदर ही होना चाहिए बॉडी के ऊपर नीचे निकल गया तो फिर वो बुलेट सलामी पैटर्न निकल आएगा उसके बाद आपको एक गैप अप ओपनिंग दिखती है यहाँ पे आपको गैप अप ओपनिंग दिखी क्लोज होने के बाद क्लोज ऊपर हुआ था बट उसके बाद गैप अप ओपनिंग नीचे हुई एंड फिर आप वेट कब तक करोगे कंफर्मेशन का कर वेट करोगे कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगी कंफर्मेशन मिलेगी अगली कैंडल को देख के जब आप अगली कैंडल को देखते हो वट यू विल सी हेयर की जो प्राइस है वो पहले वाली कैंडल के ये जो हाई था ये हाई था इसके ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए तो क्लोज हुआ यहाँ पे आपकी एंट्री कहां से होगी यही क्लोजिंग से होगी सो so, पर जाके इस जगह से जाके आप एंट्री लोगे और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? जो जो पहले वाली कैंडल कैंडल कैंडल आपको आपको, दिख रही है, जो दिख रही रही है, है मदर मदर के लो का आपका स्टॉप लॉस होगा एंड देन यू है वे गो ऑल राइट आई होप थिंग्स आर बींग क्लियर टू यू नेक्स्ट आगे देखते हैं हम बेरेश हरामी पैटर्न को भी देख लेते हैं सो so, बेरेशरामी पैटर्न में वोडियो एक ग्रीन कैंडल है बहुत बड़ी कैंडल आपको दिख रही है उसके साथ साथ आपको एक छोटी बेबी कैंडल दिख रही है रेड कलर की तो यहां पर आप क्या देखते हो कि क्लोज तो यहाँ पे हुआ था बट उसके बाद जो ओपनिंग हुई वो गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड सेलर प्राइस को नीचे लिया है एंड देन अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हो तो हमें क्या देखना है कि लो के नीचे का क्लोजिंग चाहिए लो के नीचे का क्लोजिंग आपको अगली कैंडल में मिल गया क्लोज हो गया नीचे उसके बाद आपने यहां से एंट्री ली एंड आपका स्टॉप लॉस क्या होगा जो आप देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों ही कैंडल्स के में देखेंगे आपकी हाई किसने बनाया यहाँ पे आपने देखा कि बेबी ने हाई बनाया हुआ है तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे एंड उसके बाद आप देख रहे हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है क्योंकि तो डाउन ट्रेंड चल रहा है जहां तक चल रहा है यू कैन मेक मनी ऑल सो यहाँ पर आपको बेरिश एंड बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में पता लग गया है यू हैव अंडरस्टूड अबाउट देम सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पियरसिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर क्या होता है नाम कितने इंटरेस्टिंग है ना पियरसिंग लाइन डार्क कवर वेल बड़ा सोच समझ के नाम रखे हुए है. Anyways, First, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर तो इस लाइन के कंसेप्ट को आप समझ लीजिए और डार्क क्लाउड कवर जैपनीज लोगों ने रखा है जैसे बादल छा जा जाते हैं तो इसका भी कंसेप्ट जो है मैं आपको भी बताऊंगा और लेट्स अंडरस्टैंड दिस की पहले आपको यहां पर दिख रही है कि रेड कैंडल है ये कोई भी नॉर्मल रेड कैंडल हो सकती है छोटी बड़ी भी हो सकती है और दूसरी कैंडल जो आप देख रहे हैं यहां पर प्राइस कहां से ओपन हुआ जल्दी से बताओ प्राइस हमेशा रेड कैंडल में ऊपर से ओपन होता है और क्लोज हमेशा नीचे होता है क्लोज तो हुआ उसके बाद आपने क्या देखा यार प्राइस तो और गिरा आपने क्या देखा प्राइस यहां से ओपन हुआ इसका मतलब है हमारा ट्रेंड तो कंटिन्यू था जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था आपको ये भी पता है कि जो हमारा बुलिश पैटर्न होता है अब ये है, ये लाइन है, है, बुलिश पैटर्न मतलब यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है तो आपको कैसे पता लगेगा आप तो देख रहे हो कि भैया प्राइस तो नीचे जाता जा रहा है तो आपने पहले कैंडल देखी कैंडल बढ़िया बनी भैया रेड कैंडल बनी है उसके बाद आपने देखा कि भैया प्राइस तो और नीचे से ओपन हुआ जो कि अच्छा है ट्रेंड के लिए कि ट्रेंड कंटिन्यू है बट फिर क्या हुआ बायर स्ट्रॉन्ग हो गए बायर जब स्ट्रॉन्ग हो गए वो प्राइस को ऊपर तो लेकर आए क्लोज यहां पर हुआ बट कितना ये इंपॉर्टेंट लाइन में ये है कि कितना जो आप पहले कैंडल देख रहे हो आपके लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है आपको हमेशा आपको चार्ट पे लाइन ड्रॉ करने का मौका तो मिलेगा नहीं बट आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि जो ये बॉडी है इसके बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो एक इमेजिनरी लाइन भी ड्रॉ कर रहे हो तो जो दूसरी कैंडल है वो 50% के ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए मतलब पहले वाली बॉडी के 50% से ऊपर अगर निकल गया इसका मतलब है कि बायर्स ने कंट्रोल बना लिया सेलर्स ने पुश किया था सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला था, था अगली कैंडल में ओपन नीचे से हुआ था बट ओपन नीचे से होने के बावजूद बायर्स ने कंट्रोल लेकर आए और इतना कंट्रोल लेकर आए कि फिफ्टी से ऊपर वो ले गए क्लोजिंग प्राइस को हाई जो भी था हाई ऊपर था So, अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है इसे बोलते हैं पियरसिंग लाइन तो अब आपको लाइन का कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा सिमिलरली डार्क क्लाउड कवर में ठीक इसका उल्टा होता है इसका मतलब क्या है कि प्राइस तो जी यहां से ओपन हुआ था क्लोज यहां पर हुआ था उसके बाद क्या देखा गया कि भैया बायर्स कंट्रोल में थे प्राइस गैप अप ओपन हुआ ऊपर ओपन हुआ आपको यह अच्छा है ट्रेंड ऊपर ही जा रहा था प्राइस यहां से ओपन हुआ बट उसके बाद सेलर्स कंट्रोल में आ गए और इतने कंट्रोल में आए कि जो क्लोज हुआ है वो पहले वाली कैंडल के अगर हम मिड में एक इमेजिनरी लाइन रखते हैं तो उस बॉडी के जो आपका 50 परसेंट दिख रहा है उससे नीचे जाके क्लोज हुआ है सो so, इसे हम डार्क क्लाउड कवर बोलेंगे देखो तो पैटर्नस इतने सारे हैं इसीलिए मैंने एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया वरना आपके दिमाग के ऊपर से ना डार्क क्लाउड कवर छा जाते और सब कुछ ऊपर से जाता हम इन्हें ब्रेक करके क्यों सिखा रहे हैं क्योंकि आप सीखो इन्हें चार्ट में बनता हुआ देखो आप पेपर ट्रेड करो या आप एक स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करो बट आपको उसका एक्सपीरियंस मिले आप बस बहुत सारी चीजें सुनकर उन्हें भूल ना जाओ एंड इसीलिए ये आपको टाइम टू टाइम एपिसोड्स मिल रहे हैं आप जो सीख रहे हो आई होप आप एक कॉपी पेन के साथ बैठे हो चीजों को लिख रहे हो और इनकी प्रैक्टिस करने वाले हो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करने वाले हो यू आर गोइंग टू मेक मनी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सिर्फ सुन लोगे क्योंकि मैं आपको यह बता चुका हूं सिर्फ ट्रेनिंग लेना और ट्रेडिंग करना बहुत फर्क होता है ट्रेनिंग बहुत सारे लोग ले लेते हैं पर ट्रेडिंग नहीं कर पाते क्योंकि आप इस से भूल जाते हो आप प्रैक्टिस ही नहीं करते एंड देन यू बुक लॉसेस आप लॉस बुक ना करो इसलिए जो चीज़ें सीख रहे हो मैं इतना टाइम लगा के ये वीडियोस काफ़ी लेंदी बन रही है जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है एज ए यूट्यूबर इट इज नॉट गुड इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनाना छोटी वीडियो लोग ज्यादा देखते हैं बट फिर भी मैं आपके लिए टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो सो मेरे लिए एक ही चीज़ आपसे मुझे चाहिए कि आप प्रैक्टिस करो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करने वाले कि ट्रेनिंग बनाना ही वेस्ट है राइट सो right. so, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ना हो आपको डार्क क्लाउड कवर के बारे में समझ आ गया कि भैया आपको पहले यहां पे एक ग्रीन कैंडल दिखी फिर एक रेड कैंडल दिखी और रेड कैंडल में जो आपको देखा कि पिछली वाली बॉडी से फिफ्टी परसेंट नीचे जाके प्राइस क्लोज हुआ है उस बॉडी का फिफ्टी परसेंट नीचे जाके क्लोज हुआ ऑल राइट सो ये दोनों आपको पियर सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया अब इन्हें हम देखते हैं चार्ट पे किस तरीके से दिखते हैं और कैसे काम करते हैं जस्ट सी द चार्टेयर वट यू सी हेयर आप ध्यान से देखो अब देखो इस तरीके के हमारे पास ना जो कैंडल्स के फॉर्मेशन है डेली हो रहे होते हैं पर हम ध्यान नहीं देते पर अगर आप ध्यान दो तो चल रहा था यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आपने क्या देखा इसके बाद कि यहां पे एक रेड कैंडल आपको बनती हुई दिखी उसके बाद आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी ट्रेंड कंटिन्यू था यहां पे जब प्राइज आप देख रहे हो कि क्लोज हुआ पहले वाली कैंडल का क्लोजिंग के बाद उसके नीचे जाके ओपन हुआ है, बट फिर बायर्स ने पुश किया प्राइस को ऊपर और पहले और इसके बाद यूसी की प्राइस ऊपर right, ये प्राइस को आपने जाते हुए बट आप वॉल्यूम का भी ध्यान रखा कीजिए वॉल्यूम अगली कैंडल में ज्यादा होना चाहिए ऑलराइट सिमिलरली right, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं डार्क क्लाउड कवर का सो so, अगर हम डार्क क्लाउड कवर को देखें अब आप यहां पर देखिए पहले डार्क क्लाउड कवर में कौन सी कैंडल बननी है ग्रीन कैंडल बननी है ग्रीन कैंडल के बाद आपको देखिए रेड कैंडल अब प्राइस ओपन कहां से हुआ था ग्रीन कैंडल में हमेशा नीचे से होता है यहां से ओपन हुआ था उसके बाद क्लोज यहां पर हुआ अगली कैंडल में प्राइस दोबारा ऊपर था ओपन प्राइस ऊपर था बट उसके बाद बायर्स ने नीचे पुश किया इससे क्या पता लग रहा है अगर ये आपको दिख रहा है कि भैया अप ट्रेंड में ऐसी चीज बनी है तो ये डार्क क्लाउड कवर है और डार्क क्लाउड कवर अगर बन रहा है देन प्राइस नीचे जा सकता है एंड आप उसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आप पुट खरीद सकते हो आप इंटर कर रहे हो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो आप पैसे कमा सकते हो राइट सो इस तरीके से प्राइस नीचे जाने पर भी यू कैन मेक मनी सो डार्क क्लाउड कवर अगेन यहाँ पे एक एग्जाम्पल बन रहा है और उसके बाद यूसी की प्राइस नीचे गया। right. आई होप बोर नहीं हो रहे और आपको चीजें समझ आ रही हैं। चलो आज के लिए हम एक लास्ट कैंडल पैटर्न और समझेंगे सो so, हम जब दो कैंडल की बात कर रहे हैं टू कैंडल पैटर्न्स। सो नाउ लेट्स स्टॉक अबाउट ट्वीजर बॉटम एंड ट्विजर टॉप आपको नाम बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे वेल well, जो ये नाम है ये जापनीज लोगों ने चिमटी के ऊपर रखा हुआ है आप देखा ना चिमटी जिससे चीज़ें पकड़ लेते हैं हम तो वो जो चिमटी जो चीज़ें पकड़ने के लिए यूज होती हैं घर में इनफैक्ट आपने रोटी देखी होंगी रोटी जब वो चिमटे से उठाते हैं और उसे रोटी पकाते हैं तो वो भी चिमटे का जो काम करता है तो ये जो ट्वीज़र है ये भी कुछ उस तरीके से ही अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ देखो नाम उन्होंने बड़े दिमाग लगा के रखे हैं बट ये चीज़ें हैं क्या इसे समझना है अब इस तरीके के अगर आपको कैंडल पैटर्न देखते हैं तो ये क्या बोल रहे हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है अब आप यहाँ पर देखो अभी मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो कैंडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं रिपीट कर रहा हूँ जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो कैंडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्वीजर 12 तरीके से बन सकता है तो अभी मैं सिर्फ एक तरीके का दिखा रहा हूं तो कंसेप्ट अगर याद रहेगा तो बारह के बारह तरीकों में यूज हो जाएगा तो चार्ट में आपको दिखेगा कि सर ने तो ऐसी कैंडल दिखाई दी ऐसी तो नहीं बनी कुछ और बन गई तो वो कुछ और क्या है अभी कंसेप्ट क्लियर है तो समझ आ जाएगा तो कंसेप्ट यहां पर ये यह होता है ट्वीज़र का कि जो बॉटम है अगर ये ट्वीज़र बॉटम लिखा है तो बॉटम का मतलब है कि दोनों का जो लो है वो सेम होना चाहिए मैं रिपीट कर रहा हूं अगर बॉटम है तो लो ऑफ बोथ कैंडल्स शुड बी सेम और अगर ट्वीज़र टॉप है तो हाई ऑफ बोथ कैंडल्स शुड बी सेम दोनों कैंडल्स का जो यहां पे हाई आपको दिख रहा है ये सेम है यहां पे आपको दोनों का लो सेम दिख रहा है इनफैक्ट मैंने जो कैंडल्स बनाई है यहां पे आपके लिए इनका हाई भी सेम लिया है मैंने बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है मैंने लिया यहां पे भी लो सेम बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है इसका मतलब है कि यह रिक्वायर्ड नहीं है मैंने ले लिया आपके लिए एग्जाम्पल के लिए क्योंकि अगर ऐसा बनता है ट्विजर तो यह बेस्ट होता है अगर आपको लो और हाई दोनों का सेम मिल रहा है शेडो के साथ तो ये बेस्ट है ये दोनों मारूबूजू कैंडल भी हो सकती है कि भैया शैडो बनी ही नहीं तब भी कोई इशू नहीं है हमें अगर ट्वीजर बॉटम बन रहा है तो एक ही रिक्वायरमेंट है वो एकमात्र रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि लो सेम होना चाहिए और अगर ट्वीजर टॉप बन रहा है तो एक ही रिक्वायरमेंट वो क्या है कि जो हमारा हाई है वो सेम होना चाहिए डन अगर एक कंसेप्ट समझ आ गया तो मैंने बोला बारह तरीके से बन सकता है पैटर्न अब वो भी समझ लेते हैं अगर ट्विजर बॉटम है तो बॉटम याद रखना बॉटम बॉटम पे बनेगा जो बॉटम पे बनेगा तो वो कौन सा होगा बुलिश कैंडल होगा या बेरिश कैंडल पैटर्न होगा बुलिश कैंडल पैटर्न होगा तो बॉटम विल बी बुलिश एंड टॉप टॉप पे बन रहा है तो वो होगा बेरिश आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा है अब यहां से एक और चीज मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कैंडल दिखती है कुछ इस तरीके से मैं अभी रेड और ग्रीन की बात नहीं कर रहा वो कलर्स भी चेंज हो सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे यह रिक्वायरमेंट नहीं कि पहले कौन सा होगा दैट इज ओके तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि अब ये इस तरीके से कैंडल बनती है मैं इसमें कलर भी कर देता हूँ आपके लिए मेरे को एक मिनट लगेगा मैंने आपके लिए कलर भी कर दिया जितना आपके लिए यहाँ पे कर सकते हैं ओके सो आईव जस्ट कलर दिम बचपन में पेंट करते थे ना ऑफिस के साथ आपको पेंट भी मिलता था विंडोज में ऑल सो मेरी ड्रॉइंग दिख रही है ठीक है नीचे का आपको लो सेम दिख रहा है और अभी ये बड़ी कैंडल्स नहीं है यहाँ पे बड़ी कैंडल्स ली थी हमने ये दोनों छोटी कैंडल्स है ये स्मॉल बेलिश कैंडल है वो स्मॉल बुलिश कैंडल है तो क्या ये ट्वीजर बॉटम होगा अगर ये बॉटम पे बनेगा Yes, होगा होगा क्योंकि लो सेम है दैट द ओनली रिक्वायरमेंट और अगर आपको मान लो इस तरीके की कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख जाती हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक की शेडो इतनी है एक की शेडो इतनी है और उसके बाद आपको दिखता है बहुत छोटे छोटे हाई हैं अब यहाँ पे अगेन आपके किसी पेंट कर देते हैं जल्दी से पेंट कर देते हैं ओके सो आईव पेंटेड फॉर यू एंड यहाँ पे भी पेंट कर देते हैं बिट फॉर यू अब आप मुझे बताइए भैया yes तो हमारी रिक्वायरमेंट टॉप पे बन रहा है जिन कैंडल्स का आपको हाई सेम दिख गया यह क्या बन रहा है अगर टॉप पे बन रहा है ट्विजर टॉप जिनका आपको लो सेम दिख गया ये क्या बन रहा है ट्विजर बॉटम कंसेप्ट क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो गए बहुत काम होगा आपको फायदा भी बहुत होगा ऑल right, अब आपको किस तरीके से बनते हुए देखेंगे यहां पे अगेन आपके लिए एग्जांपल है कैंडल्स कैसी भी बन सकती हैं बट आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि भैया चलो समझ आ गया डाउन ट्रेंड में बना फर्स्ट रिक्वायरमेंट मीट हो गई दूसरी रिक्वायरमेंट लो दोनों के सेम होने चाहिए लो सेम है बिल्कुल ठीक है लो सेम है तीसरे रिक्वायरमेंट पे मैटर वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं भी करता बट अगर सेकंड आपको कैंडल के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है वेल एंड गुड उसके बाद अगर आपको दोनों का लो सेम देखा यहां से ये यह साइन है ट्रेंड रिवर्सल का और आपको मार्केट में ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखेगा प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा परफेक्ट आपको टूजे बॉटम समझ आ गया सिमिलरली टूज टॉप को जल्दी से देख लेते हैं चार्ट के ऊपर ओके okay. ट्विज़र ट्विज़र टॉप टॉप को भी देख लेते हैं शार्ट के ऊपर। में आपने देखा हमारी मैटर। चेंज हो सकती है। होने चाहिए। और उसके बाद क्या होगा बुम प्राइस नीचे जाएगा यह ट्रेंड रिवर्सल का साइन है ऑल राइट कंसेप्ट क्लियर हुए आज आपने कौन कौन से कैंडल्स के बारे में सीखा है जल्दी से रिवाइज करो राइट right, मैं आपको बता देता हूं पहले आपने सीखा ट्विजर बॉटम एंड ट्विजर टॉप के बारे में लास्ट में सीखा इनफैक्ट इससे पहले आपने पियरसिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर के बारे में समझा अगर कुछ भी कंसेप्ट एक बार में क्लियर नहीं हुआ इस वीडियो को बार बार देख लो क्लियर हो जाएगा मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक ही वीडियो में आपके डाउट छोड़ू ना मैं मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है फिर भी कोई डाउट रहकर नीचे कॉमेंट में पूछ लेना विल ट्राई टू मेक वीडियो फॉर यू उसके बाद आपने बुले शरा बारे में सीखा आई होप इट इज यूर फेवरेट नाउ उसके बाद बुलिश एंगलफिंग बेरिश एंगलफिंग के बारे में सीखा एंड आपने सबसे पहले सीखा था बुलिश केकर एंड बेरिश केकर के बारे में सो so, वीडियो गुड भी लेंदी बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं मुझे बस इस वक्त से फर्क पड़ता है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके सो वी ट्राइड आर बेस्ट टू मेक दीज वीडियोज फॉर यू अगर आप इन वीडियोज़ को शेयर कर देंगे तो बहुत सारे लोगों का फायदा भी हो जाएगा क्योंकि Uh, आपको जो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में चीज़ें सीखनी है वो इन वीडियोस के माध्यम से आई होप आपको मिल रही होंगी तो जो बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए उनके लिए भी फायदा और इनफैक्ट हमारे लिए भी फायदा हमारे लिए जो हमारा पर्पज है वो पूरा हो जाता है कि आप ज़्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्यों करना सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना क्यों जरूरी है क्योंकि अभी एपिसोड थ्री रहता है एपिसोड थ्री में आप सीखने वाले हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो तीन या तीन से ज्यादा कैंडल्स के साथ बनते हैं आपको यह वीडियो वैल्यूएल लगी तो आप यहां पर एक लाइक जरूर कर दीजिए जिससे हमारा भी थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ जाएगा फाइनली अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेड करने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए होता है अगेन डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स आपके लिए सीख रहे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सो आई विलस्ट वीडियो टिल दू गोल्फ मेड